भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का इतिहास मैं जानती हूं, जल्दी उनका खुलासा होगा साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा अगर मैंने उनकी कुंडली खोली तो कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे गोविंद सिंह भाजपा नेताओं की अश्लील सीडी का मसला जोर पकड़ता जा रहा है मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि उनके पास भाजपा और आर के नेताओं की अश्लील सी है सीडी पर गरमाई सियासत के बीच भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को चैलेंज दिया है उन्होंने कहा की मुझे उनका इतिहास मालूम है वे टिक नहीं पाएंगे सांसद ने कहा कि गोविंद सिंह जी राजनीति में हैं, उन्हें आरएसएस से तकलीफ है उनका जो इतिहास है वो बताती हूँ लेकिन टिक नहीं पाएंगे अगर मैंने उनकी कुंडली खोली तो कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे गोविंद सिंह सिंह जी अगर वहाँ टिक जाए एक मिनट भी तो फिर बताओ मैं सिर्फ कुछ समय का इंतजार कर रही हूँ कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ क्यूँकी लाहौर के गोविंद सिंह जी है और लाहौर की मैं भी हूँ और मेरे पिताजी बड़े थे इसलिए पहले हमारे पिताजी हैं उसके बाद ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका तब से लेकर के और लास्ट तक आज तक का अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे इसलिए मैं कह रही हूँ कि सावधान गोविंद सिंह जी नहीं तो आज तो आपने एक बहुत बड़ी बात बता दी की गोविंद सिंह के भी कुछ ऐसे ऐसे नहीं पूरे कारनामे काले हैं हाँ. और अगर विश्वास न हो तो मैं जल्दी से ही कर रही हूँ मैं कुछ समय की प्रतीक्षा तो कर तो रही हूँ मतलब आप भी उसका खुलासा करेंगे जल्द से जल्द मैं करूँगी आपके पास प्रमाण तरीके से करूँगी और मैं एक बात और कह रही हूँ कि जहाँ से संस्कार मिलने हैं वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज